हाय फ्रेंड्स मेरा नाम सनी तिवारी है आपको तो पता ही है अगर आपने अभी दख मैं एस टी एडी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाली बेल बैल क्लक कीजिए इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे आने वाले वीडियो कैसे हैं अब आप आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छी एडिटिंग कैसे कर सकते हो उससे पहले अपनी फ्रेंडों का परचय आपसे कराऊँगा जी हैं फ्रेंड्स आज आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अच्छी एक्टिंग आप कैसे करेंगे डी लुक पूरा आएगा आपकी पेडियो से आपकी एडिट सबसे बेहतरीन लुक आएगा डी लुक आप इसको भेज का पोस्ट करिए अच्छे लाइक मिलेंगे आपको एडिट पर क्लिक कीजिए आपको तो पता ही पे कार बहुत अच्छा ऐप होता है, है एक्टिंग के लिए तो फोटो आएगी नेट स्लो है इसलिए कोई प्रॉब्लम हो रही है बस अब देखना मैं इस फोटो को एडिट करता हूँ किसको कीजिए फ्रेंड्स चलिए इस बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि भी आपको ये बताऊँ कि आप बताना कैसी कैसी वीडियो बनाएंगे हम इसमें से अपलोड हो जाएगी और आप इसको अच्छी कर लेंगे और फेसबुक फेसबुक या व्हाट्सएप पर अपलोड करेंगे मैं इस फोटो को थोड़ी क्लॉक कर लेते हैं बढ़ाएंगे इससे ज़्यादा ब्राइटनेस इसके लिए अगर आप चलिए इसको आप कट आउट कर लीजिए पहले इसको अगर आपको डी एच लुक चाहिए तो इसको इस नेक्स्ट कीजिएगा ये आपकी स्टिक बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए पूरा वीडियो देखे तब आपको बहुत समझ में आ जाएगा शुरू से एंड तक अगर अभी आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए इसको सेव से कर लीजिए पहले आप देखिए कि आपकी वो फोटो सही कटी है या फिर नहीं आप जो स्टिकर में सेव हो जाएगा सही नहीं कटी है तो यहां पे एरर क्वेश्चन रहता है बेस्ट ऑप्शन रहता है आप सेकंड डिजिट थोड़ा बोल मिस्टेक हो जाती है यार तो कर देना मतलब कर आ जाता है कि सेव माय स्टिकर्स आप स्टिकर्स सेव हो जाएगी और ये सेव भी नेट स्टार्ट है इस टाइम पर नेट पूरा स्लो चल रहा है इसकी मारे आपको वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है पर कोई बात नहीं जल्दी ही चालू होगा तो, तो लगा रहा है कोई देखता वजह ये मोबाइल में हो चुकी है आप कनेक्ट करके दिखाइए हो चुका है वापस अब बाप उसी में लाइए उस फोटो किया था ये फोटो थी वो। ये जरा इसके लिए आप अपना थोड़ा डाटा खोल दीजिए पर ध्यान नहीं दिया जिस वजह से हमारा अच्छे से टाइम कर सकते हैं। तो बस काफी है। अब इसमें तो कोई नेट का काम ही नहीं शायद नेट नहीं मारेगा अब इसमें उसमें कीजिए आपको उसमें था क्लॉप किया वैसे अगर आपको डेट ला लुक चाहिए तो वैसे क्लॉप किया आप थोड़ी तो इफेक्ट में जाइए इफेक्ट में जाने के बाद कलर का ऑप्शन होगा कलर हाँ ये आ गया सर ऑफ में जाइए ऐसे ला लो इसको ऑप्टिक डन कर दो पर दोबल लिख कर आता है पर पर अब फिर जाइए इसको अगर आपको डिजिटल लुक चाहिए तो इसको आप ब्लर कर दीजिए ऐसे Is that simple? अब आप अपने जो आप जो फोटो कट की थी उस पर से पे कीजिए पहली वाली जो पहली वाली था वो फोटो पहली इसको ऐसे कर लीजिए देखिए पूरा डी एस एल लुक आ गया आपके पीछे आप देख सकते हैं कि घास हुई या हुई है आप इसको सेव कर कर लीजिएगा कुछ भी कर सेव कर लीजिए सेव कर लेना जो करना हो कर लीजिए बस आप वीडियो कैसी लगी तो लाइक कीजिए कमेंट भी कीजिए ताकि आपको आने वाली आप कमेंट में बोलिए ऐसी वीडियो आप चाहते वैसी वीडियो